तेरे शहर से गुजरेंगे तो याद तक नहीं करेंगे तेरे सामने भी आगे तो बात तक नहीं करेंगे तेरे शहर से गुजरेंगे तो याद तक नहीं करेंगे तेरे सामने भी आगे तो बात तक नहीं करेंगे और चाट लेना अपनी दौलत को सोच लगाकर चाट लेना अपनी दौलत को सोच लगाकर हम इतना कमाएंगे उड़ाकर हिसाब भी नहीं करेंगे